पी पर प्रतिबंध का स्वागत करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पी जैसे देश विरोधी संगठनों के कारनामों की जांच कराई जाएगी डॉक्टर मिश्रा ने कहा कांग्रेस की जिस भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह हैं, देखना यात्रा पूरी होते होते कांग्रेस निपट चुकी होगी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा राष्ट्र विरोधी एक्टिविटीज के दायरे में आने वाली हर चीज की जाँच होगी हमारे यहाँ पी के चार लोग पकड़े गए उनसे मिली जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 21 और लोगों को पकड़ा अब तक कुल 25 लोग पकड़े जा चुके हैं और इनकी जानकारी के आधार पर प्रदेश में जो स्लीपर सेल है वे सारी स्लीपर सेल अब बाहर आ जाएगी अभी तक 25 लोग चार और 21 ऐसे करके 25 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए और इनसे जैसे जैसे सबूत मिलते जाएंगे पूछताछ में वैसे वैसे सारी स्लीपर सेल धीरे धीरे पकड़ में आती जाएगी पी पर प्रतिबंध लगाया आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक थी पहले वाह सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक की गई थी ये आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक है जिससे ये पूरे इसके तंत्र जो है हो जाएगा डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन और तुष्टिकरण करने वाली पार्टी है केंद्र सरकार आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाती है और कांग्रेस के नेता ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस एस एस विश्व हिंदू परिषद की तुलना पीएफआई से करते पर नरोत्तम ने कहा मैं गर्व से कहता हूं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं हूँ दिग्विजय सिंह कहें कि वे पीएफआई के मेंबर हैं जिस कांग्रेस जोड़ों यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह हैं यात्रा पूरी होते होते कांग्रेस निपट चुकी होगी मैंने पहले दिन कहा था कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले तो ज्यादा अच्छा है पर मेरी सलाह न उनको मानना थी न मानी है जिस यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह जी होंगे उससे तो आप समझ लेना कि उनकी यात्रा पूरी होने होते होते तक कांग्रेस चुकी होगी यात्रा निपटे जाना या निपटे नौतम ने कहा कांग्रेस की डेढ़ प्रदेश में सरकार बची थी अब राजस्थान की बात आधा प्रदेश ही रह जाएगा कांग्रेस के भावी अध्यक्ष बागी अध्यक्ष हो गए बुरा हाल हो गया है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने को, को कोई तैयार नहीं है ये अब स्वाभाविक रूप ऐसी राजस्थान की जो लड़ाई है इससे कांग्रेस का जहाज बहुत जल्दी डूबने वाला है प्रदेशों में कुल सरकार बची थी अब आधा रह जाएगा इसके बाद में, अब ये आने वाला नहीं है जितने भावी अध्यक्ष बनते हैं सब बागी अध्यक्ष हो जाते हैं सब बगावत करने लगते हैं, आज आप कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगाओ कि कोई अध्यक्ष बनने पर ही राजी नहीं है अब किसी नौसुखीय को बनाने